तो आज की हमारी क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं माइक्रो प्रोग्रामिंग और माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग माइक्रो के बारे में कि रिकॉर्डिंग माइक्रो का क्या रोल है हम आपके साथ ये चीज डिस्कस करेंगे तो जैसे रिकॉर्डिंग माइक्रो के बारे में मैंने पहले बताया था कि वीवी वो भी प्रोग्रामिंग को यूज करता है और रिकॉर्ड करता तो जो हमारी नॉर्मल रिकॉर्डिंग होती है वो नॉर्मल रिकॉर्डिंग क्या करती है नॉर्मल और इंस्टॉल्व करते हैं में पे जाते हैं और, करते हैं और यहां पर मैंने एक माइक्रो बनाता हूं खुद से तो बेसिकली मैक्रो जो मुझे बनाना है किसके लिए बनाना है कि मुझे एफ वन के ऊपर नेम टाइप करनी है तो मैंने माइक्रो बनाया कि रेंज F1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम राइट इक्वल टू और फिर यहां पे गए और रन पे क्लिक किया यहां पे नेम लिख किया सर ये नेम अपने आप कैसे आया मतलब तो मैक्रो रन किया हमने ना ये जो मैक्रो जो रन किया तो मैक्रो में हमें कोडिंग किए हुए हैं कि एफ वन के अंदर नेम टाइप कर दे, ठीक है तो जब मैंने इसको हाँ जब मैंने इसको रन किया तो यहां नेम आ लिखा होगा तो हमने एक मैक्रो बनाया जो मैक्रो एफ वन के ऊपर नेम को टाइप करता है अब इसी चीज को हम रिकॉर्ड माइक्रो से करते हैं रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक किए F1 पे कर्सर रखें और यहां पे हमने लिखा नहीं ठीक है स्टॉप कर लिया तो रिकॉर्ड माइक्रो ने भी क्या किया विजुअल बेसिक के अंदर एक नया मॉड्यूल बनाया उसके अंदर उसने भी जो प्रोग्रामिंग की ए आर का प्रोग्रामिंग किया सेम प्रोग्रामिंग को यूज किया अब यहां पर कुछ बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर आपने जो कोडिंग किया उसने थोड़ा सा एक लाइन लिखा बट जब रिकॉर्ड हुआ तो दो लाइन हो गया तो देखिए जब रिकॉर्डिंग होती है तो कुछ एक्स्ट्रा कोड जनरेट होता है उसके पे रीजन ये है कि जब रिकॉर्ड माइक्रो वर्क करता है तो ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर चलता है लेकिन जब हम कोड करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं जैसे कि मान लीजिए ना कि अगर आपको आपको अपने बॉस से छुट्टी मांगनी है तो आप क्या बोलेंगे कि बॉस मुझे छुट्टी चाहिए पूछना है तो से से। हाँ, महोदय ब्रांच मैनेजर फलाना कंपनी डियर सर सब इन्हें निवेदन है कि प्लीज मुझे इन दिनों के अधिकार दिया जाए हम आप इसके लिए हम आपके किरता रहेंगे तो ऐसी चीजें थोड़ी करेंगे सर लेकिन अगर आपको बॉस ने बोला ठीक है मुझे एक काम को रिटर्न में दे दो तो रिटर्न में पेज से लिख के थोड़े देंगे कि बॉस मुझे कल छुट्टी चाहिए जब रिटर्न करने की बात आई तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करेंगे ना सेम उसी तरह से हम जब रिकॉर्ड माइक्रो खुद से टाइप करते हैं तो अपने हिसाब से जो कोड जरूरत की होती है वही लिखते कोई एक्स्ट्रा फालतू कोड नहीं लिखते हैं लेकिन जब रिकॉर्ड होती है माइक्रो तो अपना फॉलो करते दोनों दो सेम लैंग्वेज तो ललित जी हदीप जी समझ में आया आपको रिकॉर्ड मैक्रो का पंडा क्या है इसका रिकॉर्ड मैक्रो का ललित जी आपको सर। अब क्वेश्चन यहां पे अगला उठ क्या आता है कि जब रिकॉर्ड माइक्रो हमारे पास है कि खुद ब खुद माइक्रो बना देता है तो फिर हम प्रोग्रामिंग क्यों सीख रहे हैं रिकॉर्डिंग मैप्रो से आप पूरी तरह काम नहीं कर सकते आप सुनने से ही कम काम कर सकते हैं क्योंकि रिकॉर्ड मैप्रो आपको तो डायनामिक नहीं मैप्रो नहीं बनाएगा आपकी कंडीशन अप्लाई नहीं करेगा रिपिटेशन नहीं करेगा कनेक्टिविटी नहीं करेगा तो बिना इन सब चीजों के बिना आप खुद की कोडिंग किए हुए रिकॉर्ड माइक्रो से सिर्फ रिकॉर्ड माइक्रो से आप कुछ नहीं कर सकते तब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है तो फिर रिकॉर्ड माइक्रो का यूज किया। ठीक है रिकॉर्ड माइक्रो का दो तरह से यूज होता है पहला यूज होता है एज ए डिक्सनरी अगर लर्निंग पेड में है तो उसको एज ए डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं जैसे माल लीजिए ना मुझे पेस्ट स्पेशल करने का कोड नहीं बता कि कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में वैल्यू कैसे किया जाता है तो मैं क्या करूंगा कि रिकॉर्ड मैक्रो पे जाऊंगा और कॉपी करूंगा फिर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यू एंड ओके कर दूंगा रिकॉर्ड मैक्रो को स्टॉप करूंगा माइक्रोलिस्ट पर जाऊंगा जहां पर माइक्रोलिस्ट है माइक्रो को सिलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करूंगा तो सीधे कोड में चला जाऊंगा अब ए रहा माइक्रो को, को कोड तो इसी तरह से आपको अगर किसी एक्सेल के फीचर का कोड अगर नहीं पता है या कर दिया भूल गए तो आप रिकॉर्ड माइक्रो का मदद ले सकते हैं ठीक है ललित जी जी सर अब इसके बाद अगला जो ऑप्शन हमारा आता है उस पर चलते हैं अगला ऑप्शन आपका यहां आता है कि अगर माइलेज़ मैं सीख जाता हूं तो फिर क्या रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज रहेगा देखिए अगर आप सीख जाते हैं फिर भी आप चाहो तो रिकॉर्ड माइक्रो का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन कहां तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं एक मिनट में इसको बंद करता हूं इसके लिए मुझे एक डेटा ओपन करना पड़ेगा तो मैं देखिएगा मुझे एक मैक्रो बनाना है मुझे एक मैक्रो बनाना है जो कि डेटा को कॉपी करके एक नई फाइल में पेस्ट करे जैसे मेरे पास यहां ओवरऑल डेटा आया हुआ है तो मुझे पूजा ने कॉल किया बोला कि काम करो मेरा डेटा मुझे मेल कर दो तो हम क्या करते हैं कि हम फिल्टर जाते हैं फिल्टर में पूजा पर सिलेक्ट करते हैं और फिर हम इसकी डेटा को कॉपी करके एक नई फाइल में पेश करके सेव करते मेल करते हैं। तो मैं ऐसा मैक्यू बनाना चाहता हूं कि जब चले तो मुझसे पूछे नाम मैं जिस पर्सन का नाम लिखूं उस पर्सन के नाम का डेटा कॉपी करके दूसरे फाइल में पेश करके फाइल को सेव करते मजल सर ललित जी क्या करना समझना है आपको यस yes, सर यस yes, सर देखिये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सबसे मेन प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम को समझना अगर प्रॉब्लम को समझ जाते हैं तो सॉल्यूशन मिल जाए क्योंकि कोई भी आविष्कार हुआ है वो आवश्यकता से हुआ है इसलिए कहावत है आवश्यकता या आविष्कार की जरूरी है जी, तो सबसे पहले आपको अपनी आवश्यकता को क्रिएट करना है कि मेरी आवश्यकता क्या है तो रिक्वायरमेंट समझना इंपोर्टेंट है तो चलिए इसके लिए हम रिकॉर्ड माइक्रो यूज करते हैं डेवलपर में रिकॉर्ड माइक्रो उसके बाद इसको हम सिलेक्ट करते हैं फिल्टर अप्लाई करते हैं अब यहाँ पे दे, देखिए एक चीज और यह है कि जब आप कोई ए सिलेक्ट कर रहे हो मतलब कि जब आप रिकॉर्ड माइक्रो कर रहे हो तो एक्स्ट्रा माउस मूविंग स्क्रॉल घबरा मत कीजिएगा तो वही काम कीजिएगा का जितना जरूरत है अब मुझे डेटा सिलेक्ट करना है तो माउस से सिलेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि अगर माउस से सिलेक्शन किया तो माउस के एरिया जो है हो जाएगा। और हो जाएगा फिर। तो मैंने क्या किया कंट्रोल से डायरेक्ट इसको कॉपी नहीं करूंगा क्योंकि डायरेक्ट कॉपी करने में पीछे के डेटा भी कॉपी होने के चांसेस होते हैं तो इसके लिए कंट्रोल जी के अंदर स्पेशल के अंदर यहां आपको दिखता है है सेल्स ओनली में कॉपी अब अब मुझे इस सीट पे पेस्ट करना है। अब मेरे पास ऑलरेडी दो सीट है बट मैं नया सीट इंस्टॉल्व करूंगा, करूंगा क्योंकि अगर दो सीट अगर आपके पास है तो दोनों सीट के जाने का कोड तो, तो जनरेट हो तो जाएगा क्रिएट करने का लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा प्रॉब्लम यह होगा कि जब भी आप नया जब भी आप नया एक करेंगे रिकॉल करेंगे तो हमेशा वो सीट टू होना चाहिए सीट थ्री होना चाहिए लेकिन जब मैं नया क्रिएट कर दिया नया क्रिएट करने का कोड जनरेट हो गया तो हमेशा नया क्रिएट कर लेगा फिर सीट का नाम मैं यहां पे पूजा कर देता हूं और उसके बाद इस सीट को मैं यहां से मूव करता हूं एक नई फाइव अब इस नई फाइल को हम सेव करते हैं एक लोकेशन नाम दे देते हैं पूजा और यहां एक्सएल देते हैं कि एक्सेल एक्सेल सेव और फाइल को क्लोज करते हैं सीट वन पे जाते हैं और फिल्टर हटाते हैं और स्टॉप करते हैं। तो अब ये मेरा माइक्रो जो बना है माइक्रो थ्री जो बना है ना सर मैक्रो थ्री बंदे से नहीं होगा ये एक क्या ये वर्क रन थोड़ी होगा एरर देगा इस कोड एडिट करेंगे तो पता चलेगा इस कोड में क्या क्या गड़बड़ है सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसने अप्लाई किया सेलेक्ट कर दिया उसके बाद फिल्टर अप्लाई किया फिर वापस फिल्टर अप्लाई करना है और जहां जब जानते हैं कि जब डेटा ने एक बार फिल्टर लगाया फिर वापस फिल्टर, फिल्टर लगाया लगा तो वो फिल्टर हट जाता है इसलिए मुझे यहां इस ऑटो फिल्टर को हटाना होगा जब मैं फिल्टर लगा रहा था तो डेटा करने की जरूरत हमारी नहीं थी तो यहां हम जो है देते हैं ऑटोमेटिक लेके उसको सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है दूसरा सीट फोर जो है वो गलत है क्योंकि हर बार आपको सीट फोल नाम का थोड़े आएगा तो हमने यहां परीट को लिया और सीट फोर्ड की जगह पे पेस्ट कर दिया नेम पूजा डॉट स्लेट यह भी हटा दीजिए कब कोई फॉल्स स्केप करते उसके लिए होता है पूजा को मूव करते हैं एक नई ड्राइव तो अब मेरा जो माइक्रो है अब परफेक्टली वर्क करेगा लेकिन हमेशा अमर है ना हमेशा जो है वो अमर का ही डेटा फिल्टर करेगा और अमर का ही सीट बनाएगा अमर का ही फाइल बनेगा बनेगा तो यहां पे एक कोड मुझे ऐड करना होगा क्या कोड ऐड करना होगा इनपुट बॉक्स का तो मैं यहां पे नेट इक्वल टू तो इनपुट बॉक्स एंटर ने तो जब मैथ रन होगा ना तो एक पॉपअप देगा और पॉपअप के अंदर कुछ भी हम डालेंगे वो एम पे स्टोर हो जाएगा अब एम क्या है एक वेरिएबल है जैसे आप मैथमेटिक्स में एक, एक, वाई, एक, लेते हैं ना सेम उसी तरह से यहां तो यहां पे मैं कर देता हूं एन यहां भी कर देता हूं एन बट यहां एन इससे नहीं करेगा एम नाम का फाइल बना देगा मुझे इसको थोड़ा सा कॉन्केट करना पड़ेगा ठीक है क्लियर है और लास्ट में मैसेज दे दीजिए एम बॉक्स बोलिए है हा एन एन एन का अभी सेव, करने हैं। हाँ, सेव इन, फाइल ऊपर जो वैल्यू होगी उसके नाम से फाइल बनाएगा ठीक है एन एनक्यू को वैल्यू क्या होगी जो हम डालेंगे अब देखिए इस माइक्रो को रन कर रहे हैं रन सिलेक्ट किया रन पूछा नाम जो इनपुट बॉक्स में कोड दिया था ना सर इससे आपका आता है पॉपकॉप अब इसमें मैं मान लीजिए लीला का देता हूं लीला अब एन के ऊपर लीला स्टोर हो गया तो फिल्टर में भी लीला देगा सीट के नेम में, में भी लीला लगेगा और फाइल में भी लीला लगेगा एक मिनट इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है यहां यहां पर माफ कीजिएगा यहाँ एक्टिव सीट होना चाहिए दो अब आप जाकर देखेंगे ईजाइन ने लीला नाम का फाइल। है, है, है ओके। तो हमने रिकॉर्डिंग मैट्रो का इस्तेमाल क्या किया हमने रिकॉर्डिंग मैट्रो का इस्तेमाल किया है कि हमने यहां पर रिकॉर्ड किए को रिक कुछ कोड हमने यहां जनरेट किए और कुछ कोड हम यहां पे डिलीट ठीक है तो शुरुआत में आपको प्रैक्टिस करने के लिए रिकॉर्डिंग माइक्रो बहुत ही अच्छा टूल्स होगा ठीक है सर अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि माइक्रो यूज करने से पहले प्रिपरेशन क्या कर सर मुझे वो समझ नहीं आया वो कोड वोड का जो एकदम से आपने कर दिया सर मैं आपको कोड नहीं समझा रहा हूं मैं समझा रहा था आपको रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज समझे? तो मैंने पर... बताया कुछ कोड कोड कोड पढ़ना है। हाँ। है। पढ़ना ठीक सिंपल है कोड़ कोड़ है है है। है पता ऊपर नीचे होता ये ये समझ में नहीं आ रहा सर इनपुट बॉक्स जो एन वाला आपने बताया फॉर्मूला बनाते थे आप जी तो उसमें आप एक्स वाई जब देते थे करते थे ना सर वो तो जी हाँ यहां थी हुआ हम एन को ले लेंगे पास आउट करना नाम अपना गर्लफ्रेंड का नाम सब दे सकते हैं जी सर आगे बताइए चलिए आगे क्या दिक्कत आ रही है तो। सर ये सही से समझ में आया कि जैसे मैं इसको एडिट कर मतलब जैसे आपने वो बताया ना कि आपको पहले कोड देखना है कोर्ट आपको कोड देखना है कोड को समझना है तो एक तो हमने अभी एड कर लिया अब यहां पर आपका ए वन डॉट ए वन डॉट रहता है तो रेंज आप समझते रेंज क्या होता है ज एक सेल को अरेज करते हैं A1 वन इसका एड्रेस हुआ सिलेक्ट मतलब कल कर्सर रखते हैं क्या अच्छा एक्टिव सीट डॉट रेंज A1 डॉट ऑटो फिल्ट ऑटो फिल्ट पता है ना फील्ड अब डेटा के अंदर जो फील्ड है हमारा और हमने पूछा जो तीसरे नंबर पे है ना तो यहां पे तीसरा आ गया फील्ड तीसरा िया मतलब फिल्टर क्या लगा एंड मतलब कि जो नाम था तो ये अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है सर मैं आपको इस को तो आप से आपको क्या समझना है चीज है आपको समझना है कि किस चीज का क्या होता है जैसे शुरुआत करना है आपको मान लीजिए कॉपी करने से तो आपको पता करना है कि आपको क्या करना है कि पैदल को आपको जो है अपना अपनी एक्सेल और अपना ये कोड जो है आप खोल अब इसमें क्या है कि आपको करना है रिकॉर्ड मैपो तो। जैसे मैप को रिकॉर्ड करेंगे रिकॉर्ड करते ही यहां देखिए सी टू में मॉड्यूल टू में आ जाएगा आपको पे कहीं भी क्लिक किया एक वे, एक वे. यह आपका बुक टू है हाँ हाँ यहां यहां सॉरी माफ कीजिएगा यहां देखिए ये दिख रहा है सर आपको अब जैसे जैसे माउस इवेंट करेंगे आपका कोड जनरेट होता जाएगा जैसे मान लीजिए मैंने A1 पे क्लिक किया तो ये देखिए क्या लिखा लेक्ट क्लियर सर मतलब कि कर्सर जहां रखोगे उसका कोड एने का जी, अब मैं कंट्रोल सी किया तो क्या हो गया सिलेक्शन डॉट कॉपी तो सिलेक्शन क्या है A1 है ना A1 तो A1 वन पे कॉपी हो फिर मैंने C पे क्लिक किया कि आप देखें सी डॉट सिलेक्ट आ गया फिर मैंने पेस्ट किया तो ये देखिए एक्टिव एक्टिवशीट डॉट पेस्ट तो पेस्ट करने कोड क्या हुआ एक्टिव एक्टिवशीट डॉट पेस्ट सर जी सर अब मान जो डीवन पे कल्सर रखा मैं इसके एट हंड्रेड टाइप किया टाइप किया सर जी तो एक कट को भी मोड जो फॉल्स आया है हम कॉपी करते हैं और यहा, इस यहाँ कॉपी किया और स्कैप करते हैं ना यहाँ कॉपी के घूम रहा है ठीक है थीके? और जब कुछ डालेंगे तो इसका कोर ये होता है कि एक्टिव सेल फॉर्मूला आर वन सीवन इक्वल टू एट हंड्रेड फॉर्मूला आर वन सीवन क्या है सर तो ऐसा ही आता है देखिए जब भी हम कुछ टाइप करते हैं ना वो वो ये आपको फॉर्मूला की वैल्यू कहलाती है जो भी हम टाइप करते हैं सेल की ओरिजिनल वैल्यू कहलाती है और वीवीए में सेल की ओरिजिनल वैल्यू जो होती है फॉर्मूला होता है मतलब वन जीरो मतलब कि रो वन एंड कॉलम वन वाला पार्ट तो जो वीवीए स्टोर करता है तो वीवी कैसे स्टोर किया कि स्टोर किया ए किसका है रो नंबर फाइव एंड कॉलम नंबर थ्री तो R1 मतलब रो मतलब R मतलब रो आई सी मतलब कॉलर तो आर वन सीवा रेफरेंस स्टाइल मतलब हुआ है इसका मतलब जो वीवी ने स्टोर किया वो आर वन सीवा रेफरेंस स्टाइल में शो किया किया समझे तो इस तरह से अब आपको कोड को समझना है अवेयरनेस के लिए अब इसमें आपको मैं जो तो समझाऊंगा कि रेंज क्या होता है लेक्शन क्यों यूज करते हैं एक्टिवशीट क्या होता है शीट कब कर यूज करते हैं इनके चीजें मैं आपको समझाऊंगा तो अभी आपको क्या करना है अभी आपको करना है कि जब जैसे मैं फेवरेट कर रहा हूँ ऐसे आपको एक स्टेप, जान कि कि एक कि स्टेप ध्यान रखिएगा हमेशा एक एक स्टेप कीजिएगा एक साथ कई स्टेप कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगी समझने में कि किस कि स्टेप का क्या वोट तो अभी आपको क्या करना है एक एक स्टेप को करना है और कोर्ड को समझना है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में है और आपके वर्क से रिलेट करता है ताको समझना है। कि मैं नहीं फॉर्मूला आरबन सी वन अगर आप आग एक्सेल ऑप्शन को पढ़े रहते हैं ना तो नॉर्मल एक्सेल में यहां देखिए फॉर्मूलाइन दिख रहा है सर हाँ हाँ अब इसको आप पढ़े जाते हैं तो सवाल नहीं पूछते आप इसलिए मैंने बोला था कि वीवीए करने के लिए एक्सेल की जानकारी बारे में होना चाहिए तो दिक्कत नहीं होती है अच्छा कोई बात नहीं मैंने रिकॉर्डिंग भेजी तो तो तो है उसको देखें आपका जो रो नंबर में है कॉलम करेक्टर में है ना अच्छा जैसे आप इसे क्लिक करके होके करेंगे तो जो ए एबीसीडी है ए बी वन टू थ्री हो जाए समझे देखिए ओके सर तो ये पहले हमारा था पहले हमारा सी था, था यहां पे ए आपका ए वन था अब हो गया आर वन सी वन यहां पर आर वन सी टू आर वन सी थ्री समझे जी। अब मान लीजिए कि मुझे यहां पे ट्वेंटी हमने लिख दिया और मुझे ट्वेंटी को प्लस करना है तो जनरली बी टू प्लस ट्वेंटी में टेन प्लस करना है जनरली तो क्या लिखते हैं बी टू प्लस टेन लिखते ना सर ये देखिए क्या होगा आर सी माइनस वन प्लस टेन ट्वेंटी समझे मतलब जहां फॉर्मूला लग रहा है वहां से एक कॉलम पीछे सेम रो क्योंकि तो आर में कुछ नहीं है इसलिए सेम रो एक कॉलम पीछे माइनस में है इसलिए पीछे अगर ये आगे होता तो माइनस नहीं होता प्लस होता देखिए, तो इक्वल किया अगर मैंने यहां पे क्लिक करे यहां पे क्लिक किया तो देख रहे मतलब कि रो सेम कॉलम टू आगे के तरफ पीछे के हो गए तो माइनस टू मतलब कॉलम टू कॉलम टू पीछे के है ना अगर नीचे किया तो आठ टू मतलब सेम कॉलम में दो रोड नीचे माइनस में होता तो उतने रोड ऊपर अगर मैं यहां पे देखिए तब देखिए यहां पे क्या हुआ कि दो रोड नीचे और एक कॉलम पीछे समझे सर हालांकि ये एफी, हमारा ये फीचर हमारा एक्सल गाइड से रिलेट नहीं होता सर ये इसी में में में में भी, है भी? सब ने, सब, ने, सब ने। और सर मुझे डाउट है ए, अभी हम इसमें बोलते हैं मैसेज बॉक्स बॉक्स इनपुट उधर हम लोग बना सकते जितना नाम है और सब, सब सब सब में में क्लिक करेगा क्लिक करके ओके करेगा तो ऐसा ऑटो जनरेट होना वो वो थार्ट, थार्ट है oh, okay. Okay. में थर्ड okay. है ओके okay. तो अभी क्या करना है आपको रिकॉर्ड मैटो करना है कोड को अंडरस्टैंड करना है मतलब कि अवेयरनेस लानी है कोड को ठीक है ओके okay, सर इसको कीजिए कल की क्लास में हम बात करेंगे डेवलपर uh, बार uh, और विजुअल बेसिक एडिटर जो एडिटर खुला हुआ कोडिंग बड़ा इसके बारे में समझाएंगे क्या होता है ठीक है ओके सर चलिए तो मिलते हैं कल गुड नाइट ओके ओके बाय गुड नाइट गुड नाइट नाइट